नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगा बाइट्स में हर घर परिवार की चाहत होती है कि शादी के बाद उसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे की गिलकारी गूंजे लेकिन कई बार कुछ कारणों से महिलाओं को गर्भधारण में दिक्कतें आती हैं कई बार कुछ आदतों और कंडीशंस के चलते महिलाएं चाहकर भी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाती और अवसाद में आ जाती हैं अगर महिला गर्भधारण की कोशिशें कर रही है और फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा है तो कुछ आदतों में बदलाव करके या कुछ तरीकों के ज़रिए गर्भधारण किया जा सकता है आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनको अपनाकर जल्दी प्रेग्नेंट हुआ जा सकता है तो आज हम ऐसे ग्यारह तरीकों की बात करेंगे जिनसे जल्द ही गर्भ हो जाता है इसमें सबसे पहला हमारा जो तरीका है वो है गर्भ सही उम्र में करें जी हाँ गर्भ के लिए डॉक्टर ही उम्र 18 से 28 साल के बीच बताते हैं इस उम्र के बीच की महिलाओं की शादी के बाद गर्भधारण की संभावना काफी रहती है क्योंकि इस उम्र में फर्टिलाइजेशन ज्यादा होता है 25 साल की महिला की तुलना में 35 साल की महिला को प्रेग्नेंट होने के 50 फीसदी कम चांस होते हैं इसलिए यह देखिए कि आपकी उम्र क्या है अगर उम्र ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें अब हमारा जो दूसरा है वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी महिला के अंदर होना बहुत ज़रूरी है जल्दी प्रेगनेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माह में फर्टिलिटी होना बहुत हो जरूरी है महावरी यानी मैंसूरेशंस आपकी अगर सही समय पर होती हैं और फर्टिलाइजेशन भी सही समय पर होता है इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से फर्टिलिटी की जांच करवाएं अगर मात्रा कम आती है तो पहले ट्रीटमेंट करवाएं तब आप गर्भधारण जल्दी कर पाएंगी अब हमारा जो तीसरा उपाय है वो पहली प्रेगनेंसी को अबॉट ना करें कुछ महिलाएँ क्या करती हैं पहली प्रेग्नेंसी को अबॉट कर देती हैं उन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता जो कि गलत है भूल भी अपनी पहली प्रेग्नेंसी को ख़त्म ना करें यह गलतियाँ अक्सर नवविवाहित कर डालते हैं फिर उन्हें गर्भ धारण के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं दरअसल पहली प्रेगनेंसी ही आपको फर्टिलाइजेशन को समृद्ध करती है पहली प्रेगनेंसी को ही अगर अबॉर्शन के जरिए खत्म करवा दिया गया है तो काफी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं तो पहली प्रेगनेंसी को अबॉटअप ना करें हमारा जो अगला है वह है महावारी का चक्र नियमित हो जल्दी गर्भध गर्भवती होने के लिए जरूरी है कि आपके पीरियड्स का साइकिल दुरुस्त हो तो तयशुदा तारीख से पहले या कुछ दिन बाद ना हो रहे हों अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और इलाज करवाएं जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स का नियमित होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगला है हमारा ओविलेशन पीरियड पर नजर रखें जी हाँ पीरियड्स से दो हफ्ते पहले का समय महिला के लिए ओविलेशन का समय होता है इस समय गर्भ करने का प्रयास करें डॉक्टर कहते हैं कि ओवलेशन पीरियड में गर्भधारण के चांस 60 से 70 फीसदी होते हैं इस दौरान किए गए प्रयास के रिजल्ट में कंसीव करने की संभावना काफी बढ़ जाती है अगला है हमारा वजन पर कंट्रोल करें बढ़े हुए वजन के दौरान कंसीव करने में काफ़ी परेशानी आती हैं मोटापे के चलते लाखों महिलाएं मां बनने का सुख नहीं भोग पाती क्योंकि ओवरवेट के चलते उनको फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बंद होने की आशंका बढ़ जाती है मोटापे के चलते कई महिलाओं की बच्चेदानी में सिस्ट तक आ जाते हैं इसलिए जल्दी कंसीव करने के लिए वजन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है इससे अगला है हमारा सेहतमंद आहार जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि होने वाली माँ सेहतमंद आहार खाएँ और खान पर पूरा ध्यान रखे आयरन और कैल्शियम की कमी के चलते कंसीव होने के चांस खत्म होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रॉपर डाइट से जुड़ा मामला है महिला खुश रहे और अच्छा खाना खाए तो प्रेगनेंसी के चांस 30 फीसदी बढ़ जाते हैं अगला है हमारा कंसेप्शन मोन कंसेप्शन मोन क्या होता है जैसे आपका हनी मून होता है ऐसे ही कंसेप्शन मोन होता है पति पत्नी को हनीमून के साथ साथ कंसेप्शन मून पर भी जाना चाहिए विदेशों में लोग गर्भ धारण करने के लिए कंसेप्शन मून पर निकल जाते हैं इस दौरान खुशनुमा माहौल में गर्भ धारण का प्रयास होते हैं इसके लिए विदेशों में लोग छुट्टी लेते हैं कंसेप्शन मून का पति पत्नी को काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि यहाँ बिना किसी तनाव और परेशानी के अच्छे और रिलैक्स माहौल के बीच गर्भ धारण के प्रयास किए जाते हैं जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकलता है अगला है हमारा नशे को ना कहें जी हाँ नए ज़माने में लड़कियाँ भी सिगरेट और शराब पीती हैं लेकिन यह आदत गर्भधारण में दिक्कत पैदा करती है दरअसल सिगरेट और शराब का सेवन प्रजनन क्षमता को घटाता है और इसका सीधा असर अविलेशन पर पड़ता है लगातार सिगरेट और शराब का सेवन करने से फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है इसलिए इसको ना कहें इससे अगला है हमारा गर्भ का प्रयोग छोड़ दें जी हाँ जब आप प्रेग्नेंसी कंसीव करना चाह रहे हैं तो उससे साल भर पहले गर्भ का प्रयोग ना करें दरअसल कंस्ट्रासेप्टिव को लगातार इस्तेमाल करने से ओविलेशन की प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है और इससे लंबे समय तक कंसीव नहीं हो पाता आप जब भी मां बनना चाह रहे हों तो सबसे पहले गर्भ निरोधक को ना कहें और हफ्ते में दो से तीन बार प्रणय संबंध बनाएं। अब हमारा अगला है लिब्रिकेंट्स को ना कहें जी हाँ अगर जल्द बच्चा चाहिए तो संबंध बनाते समय लिब्रिकेंट्स क... का प्रयोग भूलकर भी ना करें ये लुब्रिकेंट्स स्पम को ओवरी तक नहीं जाने देते और ऐसे में कंसीव करने वे गर्भधारण करने की संभावना खत्म हो जाती है संबंध बनाते समय महिलाओं के शरीर में पर्याप्त लिक्विड बनता है जो स्पम को ओवरी तक ले जाने में सहायक है और इससे गर्भधारण की संभावना भी प्रबल होती है इसलिए ल्युब्रिकेंट्स को इस्तेमाल ना करना ही दम्पत्ति के लिए अच्छा होगा अगला है हमारा तनाव को कहें बाय बाय आज के ज़माने में तनाव प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव के चलते गर्भधारण की संभावना खत्म हो जाती है इसलिए जल्द गर्भवती होना चाहती हैं तो सबसे पहले रिलैक्स रहें और तनाव को अपने से दूर कर दें अगर नौकरी पेशा है तो दफ्तर से छुट्टी लें कहीं घूमने चले जाएँ पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अच्छा और हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें नियमित तौर पर व्यायाम करने से भी तनाव कम होता है अच्छा नोट ऊपर दिए गए सभी उपाय गर्भधारण की संभावना को प्रबल करते हैं और महिला जल्द गर्भवती होती है यह ध्यान रखने वाली बात है कि इन उपायों में भी कोई कुछ वक्त लगता है सभी उपाय डॉक्टर द्वारा प्रस्तावित और उनकी सलाह से दिए गए हैं अगर इन उपायों से भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो दंपत्ति को डॉक्टर की जांच करवानी चाहिए ताकि अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ संकट है तो समय रहते उन्हें दूर किया जा सके और मां बनने का महिला का सपना पूरा हो सके आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक निभाए गए हैं